मुझे तू अपना सपना न दे सपना टूटने से डरता हूँ मैं कहीं कोई सपना अधूरा न हो इसलिए रातों को जगता हूँ मैं तेरे सपने कांच की तरह नाजुक हैं संभाल लो इसे छिपा लो इसे कहीं हाथों से छूट न जाए इसलिए मैं रातों को करवटें बदलता हूँ मैं मुझे तू अपना सपना न दे